मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक सभा को संबोधित करते, करते हुए कहा कि चुनाव होने में सिर्फ छह ही महीने बचे हैं और मेरे ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है इस वजह से छिंदवाड़ा आप संभालें प्रदेश मैं संभाल लूंगा दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चौरई में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे जहाँ उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव होने में सिर्फ छह ही महीने बचे हैं तो जाहिर सी बात है कि भाजपा के लोग चुनाव में आपको परेशान करेंगे आप बिल्कुल भी ना घबराएं। उनकी हरकतों की खबरें मुझ तक पहुंचाए मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा आप सभी कार्यकर्ता बड़ी जिम्मेदारी छिंदवाड़ा संभालने की है क्यूँकी मुझे प्रदेश संभालना पड़ेगा नाथ ने कहा भाजपा सिर्फ हमें छिंदवाड़ा तक ही सीमित रखना चाहती है लेकिन मुझे भरोसा है की आप जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर हम छिंदवाड़ा भी जीतेंगे और प्रदेश भी जीतेंगे इस कार्यक्रम में कमलनाथ के साथ उनके बेटे नकुलनाथ और अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शामिल थे ये मैं चाहता था कि एक ऐसी बैठक करी जाए जहां आप सब से मिला जाए मेरे पास पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है और केवल छिंदवाड़ा जिला या चौड़ई के माध्यम से हम गवर्नमेंट नहीं बनाता जिले जिले में जाना उसमें मैं व्यस्त हूं इसलिए मेरे पास छिंदबाड़ा का सीमित समय रहता था और आगे तो यह और भी सीमित हो जाएगा छह महीने बताव में ये जिम्मेदारी मैं आपको सौंपना चाहता हूं स्वीकार है एक बात मैं बता दू मैं अच्छी तरह जानता हूं जो यहां बैठे हैं ये जिताने वाले नहीं है जिताने वाले सामने बैठे हैं राजनीति बहुत स्थानीय है हमारा कौन है गांव में वो पूछता है अगर मेरा बेटा रात को बीमार हो गया मैं तो किसको ढूंढने जाऊंगा राजनीति बहुत स्थानीय हो गई और इतनी स्थानीय हो गई है कि पहले हम एक गांव में कह सकते थे कि ये कांग्रेस का गांव है आज तो हम एक मकान में नहीं कह सकते कि ये कांग्रेस का मकान है क्योंकि बाप बेटा भाई भतीजा चाचा चाची अलग अलग वोट देंगे तो जब तक हम सब तक सब के पास ना पहुंचे हमारे पन्ना प्रभारी हमारे समन्वय हमारे अध्यक्ष क्षेत्रीय कांग्रेस के इन सब के समन्वय से इन सब के कोऑर्डिनेशन से इन सब के ही अपनी रणनीति से आगे काम चलेगा और एक रणनीति सब जगह लागू नहीं होती ये भी आप जानते हैं यहां की रणनीति अलग वहां की रणनीति अलग हर गांव की हर क्षेत्रीय अध्यक्ष यह समझ ले कि उसके नीचे जो गांव है उन गांव में भी अलग रणनीति शायद बनानी पड़े तो यह बहुत बड़ी चुनौती आप सबके सामने है आप सबकी जिम्मेदारी है तो मैं मुझे कोई शक नहीं